हेलो पेरेंट्स अगर आपका बच्चा अभी सेकेंड क्लास में है और आप उसे ओलम्पियाड की तैयारी करवाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए 21 22 के सलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी इसमें टॉपिक वाइज ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जिसकी प्रैक्टिस सीट मैं लेकर आऊंगी